दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को बजा देना बड़ी है मेरी गाड़ी में। अरे तुमको कैसे पता चला मैं पीकर बैठी हूँ क्योंकि हम भी पीके हैं मैम हम साहब हमें पता है आप कौन सी पीकर बैठे हो अच्छा बताओ जरा कौन सी दारू पीकर बैठी हूं मैं बैठे हो मेरी गाड़ी में तुम तो दारू पीके बैठे हो मेरी गाड़ी में तुम तो दारू पी के थर्राह पी के आई बेबड़ी थर्राह पी के आई बासा रही है मुँह से गाड़ी में नहीं उछरना साफ करवा लेंगे तुमसे गाड़ी में नहीं उछरना साफ करवा लेंगे तुमसे, तो तुमसे।, तो तुमसे।, तो तुमसे। थर्राहो पी के आई बास आ रही है मुंह से बैठे हो मेरी गाड़ी में तुम तो दारू पी के